दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर की वजह से किडनी क्यों खराब होते हैं और उनका खराब होने का कारण क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से किन प्रिकॉशंस को लेने के बाद आप किडनी फेल होने से बचा सकते हैं इवन आप डायबिटिक हैं उसके बावजूद भी और मैं आपको ऐसी दो हर्बल मेडिसिन बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप उनको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उनको कुछ साइड इफेक्ट नहीं है दूसरा वो आपके किडनीज को डैमेज होने से बचाएंगे तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक आइए शुरुआत करते हैं एक्चुअल में आज की डेट में अगर देखा जाए तो किडनी खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है पूरी दुनिया में वो अकेला सिर्फ डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर है एक्चुअली होता क्या है कि जब लगातार ब्लड शुगर का लेवल किसी मरीज के खून में बढ़ा रहता है तो ये कैपिलरीज ये जो बारीक बारीक खून की नसें होती हैं पूरे शरीर में उनको ये क्लॉग करना शुरू कर देती हैं यानी कि बंद करना शुरू कर देती हैं और यही मुख्य कारण होता है चाहे वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चाहे न्यूरोपैथी हो या आपके पैरोफरल जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉगिंग शुरू होना यही फिनोमिना जो है वो आपके किडनी के जो कैपलरीज हैं ये बारीक बारीक खून की नसें हैं जिनके थ्रू ब्लड आपके किडनीज में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए और वहां पे फिल्टर होके वापस आपके शरीर में चला जाता है और जो खराब चीजें हैं वो आपके यूरिन में निकल जाती हैं और जो काम की चीजें हैं उनको रोक लिया जाता है कि जो किडनी का एक सबसे छोटा सैल होता है जिसको नेफ्रोन कहते हैं उसका इसमें क्या रोल होता है और यही नेफ्रोन जो है जब आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है डायबिटिक पेशेंट्स में ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो आपके जन्म लेने से पहले तक ही बनते हैं उसके बाद फिर से आपकी किडनीज इनको नहीं कर सकते या नए नेफ्रोन नहीं पैदा कर सकते इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नेफ्रोन को बचा के रखा जाए इनकी केयर की जाए और अपने आप को बड़े नुकसान से बचा के रखा जाए तो आगे इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या आप कैसे इन नेफ्रोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको डैमेज होने से बचा सकते हैं और डायबिटिक होने के बावजूद भी आप कैसे अपने किडनीज की रक्षा कर सकते हैं उनको फेल होने से बचा सकते हैं तो पहले समझ लेते हैं कि नेफ्रोन क्या होता है जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेफ्रोन की एक बहुत छोटी यूनिट है जो कहेंगे किडनी का सबसे छोटा सेल है और इसके अंदर जो है ये आप देख रहे हैं ये ऐसे बारीक बारीक कैपलरीज होती हैं जिनके थ्रू ब्लड किडनी के अंदर या नेफ्रोन के अंदर आता है और यहां से फिल्टर होके जाता है फिल्टर होने के बाद इसमें बड़ा रोल रहता है आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर का भी क्योंकि यहां प्रेशर के बैलेंस के कारण जो काम की चीजें हैं वो रोक ली जाती हैं और जो बेकार चीजें यूर में निकाल दी जाती है और बाकी जैसे प्रोटीन्स हैं या बैक्टीरिया है और कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं या कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं जो नहीं निकलने चाहिए वो आगे नहीं फिल्टर होता है और वो रुके रहता है क्योंकि ये जो सेमीपरमे इसके अंदर छोटे छोटे फोर्स या होल्स होते हैं उसके बाद ये आगे आप ट्यूबुल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर भी कुछ पीएच बैलेंस होता है, ये देता है आपके को कि ये कितनी चीजें रीअब्सॉर्ब करनी है आपके यूरिन के थ्रू निकल जाती है तो ये नॉर्मल फिनोमना है लेकिन अगर आपके जो हमने पहले बात की थी अगर ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज या कैपलरीज डैमेज होना शुरू हो जाए लगातार हाई ब्लड शुगर की वजह से तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो खराब होने लगता है आपकी किडनी के अंदर भी जो ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन होना चाहिए वो इंबैलेंस होने लगता है या वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ने लगता है जिसकी वजह से जो जरूरी चीज़ें थी जिनको रुक जाना चाहिए था वो भी नहीं रुक पाती हैं और आपका जो ट्यूब्यूल है वो कन्फ्यूज हो जाता है उसको रीअब्जोर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन करने का टाइम नहीं मिलता है इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है जिसको माइक्रो एलब्यूमिनरिया के नाम से जाना जाता है तो इसको डैमेज होने से आप अगर बचा लेंगे तो आप अपने किडनीज को फेल होने से भी बचा सकते हैं तो एक तो आप पानी की मात्रा अच्छी पिए जिन लोगों का अभी किडनी फेल्योर नहीं है जो डायबिटिक है या रिस्क जिनका ज्यादा है उनके लिए पानी ज्यादा पिए लो साल्ट डाइट लें ऐसी नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां या पेन किलर्स लेने से बचें जो आपकी किडनीज को नुकसान कर सकते हैं साफ सुथरा भोजन करें कोशिश करें तो आप वेजिटेरियन फूड ज्यादा लें और ऐसे भोजन ना करें जो फ्राइड हों, डब्बा बंद भोजन हो बाहर के हों जिनके अंदर हमें नहीं पता कि कौन सा नमक मिलाया है और किस तरह की चिकनाई मिली है तो ऐसे भोजन से आप बचें तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और आपकी किडनीज भी सेफ और सिक्योर रहेंगे उसके साथ आप ऐसे कुछ हर्बल मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिनकी कोई साइड इफेक्ट ना हो तो वो एक तो आपके ब्लड को प्योरीफाई करेंगे दूसरा ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेंगे और तीसरा आपके किडनी का जो इंफ्लामेशन है जो के अंदर इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करके आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको मैं दो दवाइयां बता रहा हूं ये बिल्कुल पानी जैसी दवाइयाँ होती है इसमें कोई मीठा शुगर इस तरह को कॉम्पोनेंट नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट्स बिना खतरे के इनको रोजाना ले सकते हैं इसमें एक दवाई होती है अर्क मुसफी मुरक्कब कप यह ब्लड प्योरीफायर का काम करता है तो इसके आप 20 एम सुबह शाम अगर आप लगातार लेते हैं तो आपके ब्लड को प्यूर करके आपके किडनीमेशन को कम करेगा दूसरा जो कासनी एक दवाई होती है उसका अर्क आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी अर्क मिलता है जिसको अर्क के कासनी के नाम से जाना जाता है इसका भी ट्वेंटी एम सुबह शाम आप इस्तेमाल करेंगे आप इनको लगातार इस्तेमाल करें कोई दिक्कत नहीं है हाँ करीब दो महीने तीन महीने इस्तेमाल करें फिर हफ्ते भर का गैप दे लें इस तरीके से आप नियम को बना लें और आप इसको सालों साल भी लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा इससे फायदा ही मिलेगा तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दट इस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे थैंक यू धन्यवाद